फ्रेंड गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ फ्रेंड्स तो कल हम लोग घूमने गया था माल बाजार बोला ही आप लोगों को वीडियो में देखा उसको बाद घर में आके मेरा कल ट्रेन से इतना सर दर्द पकड़ लिया मत पूछिए अभी तक माथा दर्द कर रहा है बहुत और अभी अभी थोड़ा देर बाद में हम लोग सो के उठा हूँ और अभी मैं चाय भी नहीं खाया ये देखिए बच्चे लोग का ये लोग का स्कूल खुल गया है अभी फिर स्कूल जाएगा मैं दूध बिठाया हूँ अभी तक चाय भी नहीं पिया और टोस्ट लिया ये सबसे चाय की होंगी और फ्रेंड्स घूम के आने के बाद में कितना सारा कपड़ा जम गया है आप लोग को तो दिखाती हूँ मैं सब कपड़ा भी धोना पड़ेगा कितना ज़्यादा कपड़ा जम गया है कितना सारा कपड़ा जम गया बहुत ज़्यादा ढीप हो गया कपड़े का मत पूछिए बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया अभी ये सब धोना पड़ेगा फ्रेंड्स उसको बाद आज मेरा बड़ा बेटी का मेरा फिर बड़ा बेटी का इधर में आज एग्जाम भी है और मेरा सर भी बहुत दुख रहा है कब करूँगी इतना कपड़ा फिर घर का तो बाकी सारा काम पड़ा ही है अभी चाय बनाऊँगी चाय पीऊँगी उसको बाद तो आप लोग वीडियो में बने रहिए कंटिन्यू दिखाती हूँ मैं आगे क्या क्या करती हूँ फ्रेंड्स मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा था और शॉर्ट वीडियो बनाया और, और आ... आप लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग जाके देखिए मेरा आज सर दुख रहा है ना इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आप लोग जाके प्लीज़ मेरा शॉर्ट वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कॉमेंट शेयर थोड़ा करिएगा थोड़ा सा सपोर्ट करिए क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहे आप लोग सपोर्ट करिए तो बने रहिए वीडियो में तो फ्रेंड्स ये क्या है मयूर का पंख ये घर में रहने से शुभ होता है देख सकते हैं मैंने लिया था ये घर में रहने से बोलता है शुभ होता है अच्छा होता है लगाना चाहिए आप लोग भी घर में लगाइएगा